finding here like me big thing in the the kiss is mine and not on you can't get it. याद ही नहीं रहता वैसे आज 11 फरवरी है तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था निकलूर करे ना करिए चलिए ये ऐसा है से कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू तो सोना जिंदगी अब मुझको जाना है तू ही सफर है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं ना नदिना कभी मुझको तू तुझको को कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच सोचना सकी तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे सोचा के रुके मैं तुझको कितना चाहती हूँ मैं तू कभी सोच सोचना सके रंगो में तिरोली बात की रंगोली तेना चिलो ऐसे होली में ना तेरा हो किसी का तू गा तू तो, क्यों ना तुझे ना? सुदा तेरे अंदर मेरा खुदा बसुदा तू दाए थे मेरा रब बसदा तेरे अंदर मेरा खुदा बसुदा माली